राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके बेटे आकाश सिंह राजपूत ने क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन करवाया था जिसके समापन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यनमन सिंधिया शामिल हुए उन्होंने सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी इस मौके पर आकाश सिंह राजपूत को विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कराने का खिताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की टीम द्वारा दिया गया सागर में क्रिकेट महाकुंभ का फाइनल मुकाबला समाप्त हुआ जिसमे फ्रेंड्स क्लब राहत ने जीत हासिल की और मित्रता क्लब क्लबी की टीम दूसरे नंबर पर रही इस मुकाबले का आयोजन राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके बेटे आकाश सिंह राजपूत ने करवाया था क्रिकेट महाकुंभ के इस समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा सिंधिया ने भी शिरकत की महा सिंधिया ने कहा की इस क्षेत्र से मेरा नाता पुराना है यहाँ से मेरा नाता प्यार परिवार और मिट्टी का है महा ने कहा क्रिकेट सिर्फ शहरों के लिए नहीं बल्कि गांव के लिए भी है क्रिकेट में गांव से एक से एक होनहार खिलाड़ी सामने आ रहे हैं राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और आकाश सिंह राजपूत और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस क्रिकेट महाकुंभ का सफल आयोजन किया लोगों को तो पहचानने तो आए यहाँ पे अपने लोगों से संबंध जोड़ने आए यहाँ मेरा अपन मिट्टी का है प्यार का है इतिहास का है कीड़ियों का है मजा आया। अरे यार यार दस हजार खिलाड़ियों राजपूत जी आकाश राजपूत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा क्यों? क्या आपको पता है आज यहाँ एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट हुआ है ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया है अरे भैया थोड़ा और जान लगा दो ऐसे ही टूर्नामेंट से हमारा विचार है कि हम ग्रामीण लोग को आपको बता देंगे क्रिकेट टूर्नामेंट महाकुंभ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की टीम ने महामुकाबले में शामिल होकर आकाश सिंह राजपूत को विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कराने का विश्व रिकॉर्ड का खिताब दिया टीम ने आकाश सिंह राजपूत को महा आर्यमन सिंधिया राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह पुरस्कार दिया यार लुक योर हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे